वॉच सो एवरीवन कैसा हो आप सब लोग कितना तो ये सभी लोग अपना सेफ्टी एकदम बड़े संग गाइस यार आज हम लोग दो बार के लिए जा रहे हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बट आई एम गेटिंग अ लिविंग प्लास्टेडियम जी हां गाइस कुछ दिनों पहले मैंने और कुछ महीना पहले मैंने एक डील डाली थी कह रहा था ट्रायंगल प्लास्टेडियम बट आज हम खेलेंगे लिविंग प्लास्टेडियम भाई साहब इसमें सैनाओ प्लास्टेडियम भी आ गया बे मतलब कि मर जाओ फिर जिंदा भी हो जाओ अब बैठो को यहां पर मतलब कि गाइस यहां पर बेसिक से गेम खेलने का एक मेन रीजन है गाइस मेरा मैं पे कोई क्योंकि भाई भाई बंदे को कैसे मारना है देखा मार मार के मारना है है भाई भाई भाई थोड़ा-बहुत तो स्लाइड स्लाइड करके पे तो होती नहीं <laughs> लिविंग में भाई यार दिया अबे करके तो भाई सब कोई बंदा अगर हमें ऐसे मारता है ना भाई कैसे मारना है भाई देखो हेडशॉट भाई यार भाई लगता है गाइस मैं प्रो हो चुका हूं तो भाई देखो गाइस हेड पे हेड लग रहे हैं एक भी बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको मैं हेडशॉट देकर ना मारो अबे आ रही है वो बिना हेडशॉट के मार देगा भाईसाहब यहां से हटना पड़ेगा वैसे गंजोरा चला रहा है बे हो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने एक मिनट गाइस हमने बंदा फ्री फायर लेते हैं क्या पता फ्री फायर में आज का मतलब मर जाए नहीं आया यार साला अरे रो रो भाई यार धक्का कर दिया बे जाती है। समझ क्या लगती है, जो भी हो। लेकिन भाई भाई सब इस नहीं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल। <laughs> बंदे अपनी गंजी मतलब कोई लेकर लेकर लेकर आ आ आ रहा रहा रहा है, है, है, कोई कोई कोई लेकिन भाई बात नहीं हम तो अच्छी साले <laughs> पड़ेगी, मुझे लगता है है से पड़ेगा। देखो मैं पर ये क्या है। इस से जो तो भाई भाई दो बार मार चुका फूलवा तू जो बोलना पता है ये तो भाई आपको बैठ जाएगा अरे बोलना काफी है बे भाई वो तो गाली के फूलवा कभी नहीं बोलनी चाहिए बे अरे तो बोलो थोड़ी बोलकर एकदम चुप हो जाओ इससे बंदे को लग जाएगा तुम्हारा काम भी हो जाएगा भाई देखा ऐसी भाई गाइस ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां गाइस या सब्सक्राइब ही आ गया भाई आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब कर दे करो और भाई कमेंट में के हम हम करीब तो सब साइड में हम को अबे यार भाई पहले मुझे एक बात बताओ ये एनिमी का पाला है हमारा पाला है है हमारा अबे भाई मैं गया। <laughs> रुणजा, रुणजा, <दुणजा। laughs> भाई भाई रुक रुक जा जा इसकी तो की छोडूंगा नहीं इसको एक मिनट भाई बैठ रहा लेकिन बस स्पेटा बहुत बड़े <laughs> चल गया भाई मेरे को किड चुवाने वाला उन तो भाई एकदम सीड लगा दी उन्होंने लेकिन गाइस यार अभी इस टाइम पर है हम एनिमी के पाले में अभी तो ये एनिमी का है हमारा है अब यार एक बात तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई ये एनिमी का है या हमारा है भाई इसको सगन क्यों हो रहा हूं मैं एक मिनट रुक जाओ गाइस अपने टीममेट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टीममेट और भरवे भी हैं तेरा तो गेम बचाना इस टाइम पे टॉप पर मैं चल लूं लेकिन गाइस टॉप पर चलने का ये मतलब नहीं है कि अब किल करना छोड़ दे भाई किल लगातार करते रहना चाहिए भाई पीछे से कोई गोली मारा भाई एक मिनट रुक जाओ भाई पीछे देखता हूं पहले यार वहां पर तो कोई है नहीं भाई यहां पे जाना पड़ेगा एक मिनट अबे भाई लगता है मैं गया बे वो जल्दी एक और में जाना पड़ेगा वरना भाई ये बंदा तो मुझे, मुझे मार मतलब मुझे मार देगा एक मिनट रुक जाओ गाइस इसको मारता पहले यो ओए भाई... भाई भाई ये बंदे लिटरली मुझ खाली एक ही गोली छोड़ के गया भाई मेरी आधी एचपी कर दी देखो तो छोड़ो अनिल एक पड़ रहा है गाइस बंदे को मारता पहले उस बंदे को मारता हूं देखो गाइस देखो भाई अच्छा भाई भाई किल चुरा लिया बे भाई टीममेट के किल लेकर लो गाइस के ग्लॉस की होगी भाई साहब पक्का मिर्ची लगी होगी भाई साहब के में ए छुपे हट मत दू दे वो को मारे तेरी मां की साले रुक तेरी बहन गड़वन एक और रुक जाओ गाइस इसको मारो पाले में देखो ये एक मिनट गाइस देखो भाई देखो अब गाइस हमारे हाथ लग चुका है हथौड़ा गन भाई जो कि अगर एक बार बंदे पे छप जाए ना तो भाई कबूतर हो जाते हैं अब गाइस देखो यार ये वाला सब कबूतर भाई बोलना बहुत फनी है लेकिन करना नहीं बे एक और रुक जाओ गाइस साले 3 नंबर के चोर यार तो गाइस स्किल का मैच होरी कर रहा था एक मिनट रुक जाओ गाइस बंदा आ रहा था उसको मारवा दो निकल ए इनको भाई मर गया बब साले गजरे वाले के तो गजरा पहन के सी चुटिया पर अटका दूं भाई साहब एक मिनट रुक जाओ गाइस अभी इसको मैं m4 से मार के ना भाई अपनी जलवा दिखाऊंगा एक मिनट रुक जाओ इसको बंदे को छोडू मान इसकी मां की जय भाई ये कहां है बंदा किस इसकी पेन कटाई को निकालो बाहर एक मिनट रुक जाओ गाइस हमारे हो चुके 14 किल बब वो कॉल फायर दे रहा है भाई मार गया अगर भाई कोई बंदा सामने है तो उसकी भाई फोड़ दो भाई आ गई फोड़ दो नहीं एक मिनट रुक जाओ गाइस मुझे पहले म्यूजिक बनवा 1 मिनट गाइस अब से 15 किल करके जाऊंगा भाई टारगेट हो गया बे वो तो कौन मार रहा है भाई भाड़ में जाए भाई दो जा बंदा मारो मुझे बस खाली एक किल करना है तो ये रहे के ओ तू निकल भाई मार दे गाइस देखा अब भाई तुम्हारा भाई बना है एमवीपी अभी अंडर 15 किल के साथ गाइस गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज लाइक करो प्लीज माकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पार्टी